हेलो गाइस मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है और मैंने अभी अभी बनाया है अरे भाई वो सपोर्ट करो यार बहुत टाइम से वीडियो डालने कोशिश कर रहा हूँ तो वायरल नहीं हो रही तो डिलीट कर देता हूँ अगर आप एक लाइक कर दो तो ना आप छोटे हो ना बड़े हो बस एक लाइक कर दो यार वीडियो को वीडियो पूरी देख लो कमेंट करना आप उन्होंने कहाँ से वीडियो देख बस अगर आप कहोगे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या फिर चोर करूं और आपको लगता है कि मैं चैनल बंद कर दूं तो भाई चैनल बंद भी कर दूंगा मैं बस कमेंट लिखना मत भूलिएगा और वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ गाइस